नमस्कार और आप देखें हैं पल हरियाणा है के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जातिया अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को पचास लाख रूपये जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न संबंधी घटना हो तो पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति और उम्मीदवारों को और उसमें 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए समय समय पर उसकी उचित निगरानी भी की जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में छः महीने में एक बार होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न मामलों में दी जाने वाली कानूनी सहायता का राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों और प्राइम लोकेशन पर होल्डिंग तथा बैनर लगाए जाए इसके अलावा प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी के मकसद से हर सांसद वे विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय समय पर सेमिनार करना सुनिश्चित करें प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न मामलों में पीछे कारणों का भी पता लगाया जाना चाहिए पल पल से ऐसी